पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता राजकुमार सिंह धनौरा को भाजपा से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है भाजपा से निष्कासित होने पर वे फूट फूट कर रोने लगे इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुर्खी में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता कांग्रेस से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है पुराने कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कराये जा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसलिए निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वह सुर्खी विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार धनौरा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है धनौरा ने बताया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रही थी और मैंने जनता की मांग का समर्थन करते हुए इसकी मांग की जिसे लेकर पार्टी नाराज हो गई जिसके बाद मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से जाकर मिला और माफी भी मांगी लेकिन मुझे छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है हमने अपनी संगठन के सामने हमने बात रखी थी मैं खुद बी डी शर्मा से प्रदेश के अध्यक्ष है उनका मैं सम्मान करता हूं मैंने उनसे जाकर मैंने मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी के से क्षमा मांगता हूं लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया इसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया धनौरा ने परिवहन मंत्री आरोप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह के साथ दहेज में आए कांग्रेसी नेताओं को उपकृत किया जा रहा है भाजपा की जमीनी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं जिस पार्टी के लिए 30 साल मेहनत की मेरे ऊपर एक रुपए का कलंक नहीं लगा उस पार्टी ने एक मिनट में मुझे कीड़े मकोड़े की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया मेरे साथ अत्याचार किया गया है उन्होंने कहा मैं वर्ष 1994 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं मेरा पूरा परिवार जनसंघ के समय से जुड़ा है सुर्खी क्षेत्र में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है यहां भ्रष्टाचार चरम पर है पार्टी में रहता तो मंत्री मेरे ऊपर दबाव नहीं बना पाते इससे उनके द्वारा झूठे तथ्य पेश कर मुझ पर निष्कासन की कार्रवाई कराई गई सुर्खी विधानसभा में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं इसके कई उदाहरण मेरे पास है जिस पार्टी में तीस साल पूरी मेहनत की आज तक कोई कह दे एक रुपये का कलम और उस पार्टी ने हम साल की हमारी मेहनत एक मिनट में हमें मको कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया